प्रिय दर्शकों नमस्कार मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज जिन महान हस्ती की कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे उनसे आप सभी परिचित होंगे भारत के जो सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष हैं उनके परिवार में भी तमाम लोग प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं और देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा चुके हैं जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज हम राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि 2019 के आम चुनावों में जनरल इलेक्शन में क्या होगा कैसा उनका भाग्य रहेगा लेकिन दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं आप सभी लोग बहुत सम्मानित हमारे दर्शक हैं उच्च कुल से आते हैं बहुत मान मर्यादा वाले हैं अतः हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि कमेंट में स्वस्थ भाषा का इस्तेमाल करिएगा हेल्थी डिबेट करिएगा यदि किसी से करनी होगी किसी प्रकार के अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा चाहे वो मेरे खिलाफ़ हो फिर चाहे वो राहुल जी के खिलाफ हो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है ठीक है जी तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं जो राहुल आप लोग डिटेल नोट कर लीजिए क्योंकि तमाम एस्ट्रोलॉजी के जो लोग सीख रहे हैं या बहुत मनीषी लोग हैं तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस पर हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया उसके बाद कुछ चीज़ें हमको बहुत सही लगी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर और योगनी दशा तमाम जो है और जन्मकुंडली उसके बाद जो है आपकी नौमांश कुंडली डीटेन चार्ट वगैरह कई चीज़ों का अध्ययन किए उसके बाद हमें ये एक्ोरेट लगा प्राप्त डाटा इंटरनेट के आधार पर आधारित है तो दर्शकों इस कुंडली के माध्यम से हम राहुल जी के पूर्व में जो चीज़ें घटित हुई हैं उससे हम मैच करके आपको प्रयास करेंगे समझाने का कि देखिएगा कि उस उस चीज़ों की जो महादशाई तो उसमें इनके साथ ये हुआ और वर्तमान में 2019 में राहुल जी के साथ क्या होगा इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे तो जो इनकी डेट है उन्नीस 19 जून उन्नीस है शुक्रवार दिन था और दोपहर में चौदह स्थान नई दिल्ली आप लोग नोट कर लीजिए और जो भी हमें अल्प ज्ञान है जो भी हमने थोड़ा बहुत अपने गुरुओं से सीखा है उसी के माध्यम से आपको जो है बताने चल रहे हैं प्रस्तुत जो इनकी कुंडली है राहुल गांधी जी की देखिए दर्शकों आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए राहुल गांधी जी की कुंडली तो इनकी तुला लग्न की कुंडली है अच्छा एक ज्योतिष की किताब आती है मानसागरी आप लोग खरीद लीजिएगा परचेज कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी अथेंटिक बुक है तो मानसागरी में तुला लग्न के बारे में देखिए क्या लिखा होता है कि तुला लग्न हो दाता है सुधीर सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकलाभिज्ञो धनाढ़ जन्म पूजिता अर्थात जिनका भी जन्म देखिये तुला लग्न में होता है वो जातक जो उत्पन्न होते हैं ये पुरुष विद्वान होते हैं अच्छे कर्म से अच्छे कर्म करने वाले होते हैं अपन जीविका करने वाले पंडित सभी कलाओं में निपुण और सर्वप्रिय लोकमान्य होते हैं तो ये इनमें विशेषता भी है आपको आप लोग कई लोग उनके लिए अजीब अजीब से नाम रखे हैं गलत चीज है तो तुला लग्न में है और काफ़ी चीज़ें जो है राहुल गांधी जी के साथ इस लग्न में जो श्लोक लिखा है इससे मैच होती हुई भी दिख रही है दूसरा जो इनका जन्म हुआ था जन्मकालीन जो नक्षत्र था ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और मूल नक्षत्र वाले जो हमारे जातक होते हैं इनका क्या हो, जो है होता है तो इसमें जो है बताया गया हमारा शास्त्र कहता है कि सुखेन युक्तों धन वाह बलाढ्य स्थिर कर्म करता प्रता पिता रात्रि जन्म मनुष्यों मूले कृति संयाजनम प्रपन्नः अर्थात जिनका भी जन्म मूल लग्न में जो है मूल नक्षत्र में होता है तो वो सुखी होता है धन धान्य से युक्त होता है और हिंसक होता है बलवान होता है स्थिर कार्य करने वाला होता है शत्रुओं को जीतने वाला होता है तो ये मूल नक्षत्र की और जिद्दी होता है तो ये चीजें जो होती हैं मूल नक्षत्र के बारे में बताई गई है तो दर्शकों आप लोग देखिए जो लग्नेश शुक्र बनते हैं लग्न के स्वामी यहाँ पर बने शुक्र शुक्र यहाँ जो है क्या कहते हैं फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड हैं और ये जो है आठवें स्थान के भी मालिक हैं अर्थात लग्नेश और अष्टमेश जो शुक्र बनते हैं ये चले गए टेंथ हाउस में कर्म के घर में चले गए तो लग्नेश का कर्म के भाव में जाना जैसे कि ये जो है संसद में पहुँचे हैं और सांसद हैं वर्तमान समय में भी तो इनको ले जाता है सीधे सीधे जो है र, मतलब राजा के समान बना देता है एक सांसद भी जो है काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से जो है धन वगैरह पाता है और जो भी इनकी निधि वगैरह फंड वगैरह होता है तो इनको सीधे संसद की मार्ग में वीनस ले गया दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे कि इनकी जो कुंडली है इनका लग्न भी वर्गोत्तम है और इनका जो जुपिटर है ये भी वर्गोत्तम में है वर्गोत्तम ग्रह जुपिटर हुआ और जो इनका लग्न है ये चाहे डीवन चार्ट अर्थात लग्न कुंडली में हो दूसरा नोमांस कुंडली में भी इनकी जो है तुला जो है लग्न उदित हो रहा है दूसरा जो डीटेन चार्ट है दसमांश कुंडली है आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए इसमें भी भी तुला लग्न जो है हो रहा है और जो जुपिटर है दर्शकों केंद्र में बैठ गया है जुपिटर और दो अंश का है तो जुपिटर यहां पर वर्गोत्तम में आ गया है दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे इनका जो लग्न है सबसे पहले इनका लग्न ही बहुत ज्यादा कमजोर है लग्न इनका एक अंश पर है और जो तुला जो है दर्शकों राशि जो है तुला लग्न होता है ये चर लग्न होता है और वायु तत्व की ये ये राशि होती है ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है आगे जब कभी कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लास होगी तो उसमें हम आपको बताएंगे दूसरा इनका जो सुखेश और पंचमेश बनता है शनि ठीक सुखेश और पंचमेश मतलब फोर्थ हाउस का जो फोर्थ हाउस होता है उसको सुखे बोला जाता है सुख का हाउस होता है माता का होता है वाहन का होता है तो फोर्थ हाउस का लॉल्ट और पंचमेश मतलब पंचम स्थान का जो लॉल्ट होता है शनि ये चला गया है सप्तम के घर में मंगल के घर में जा करके बैठा है और यहाँ पर देखने वाली बात है कि शनि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं तो शनि यहाँ पर नीच के हो गए पहला माइनस पॉइंट इनकी कुंडली में ठीक दूसरा एक चीज और है ज्योतिष का सूत्र पंचम स्थान पर जो राहू बैठा हुआ है आप लोग देखते रहिए कुंडली में जो पंचम स्थान का राहू बैठा हुआ है राहू ने भी बहुत ज़्यादा फिफ्थ हाउस को पीड़ित कर दिया है और एक बात बताएं दर्शकों राहु यहाँ पर जाकर के कुंभ राशि में देखिए बैठे हुए हैं 11 नंबर जहाँ लिखा है यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भले ही शनि नहीं बैठे हैं लेकिन इस भाव के अधिपति को भी प्रभावित करते हैं तो शनि को यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने जो है प्रभावित किया है और पंचम से पंचम यदि देखिए पंचम हाउस से पंचम भाग्य का घर राहू की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर जो पंचमेश बुद्ध बनते हैं बुद्ध अष्टम में आ गए हैं और यहाँ पर नव स्थान पर मंगल और सूर्य बैठे हैं मंगल या इस कुंडली में मारक हैं सेकंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं द्वितीय और सप्तमेश जो लॉर्ड यहाँ पर बनते हैं मंगल ये मारक हैं और दर्शकों इनकी कुंडली में ए, क्या कहते हैं कि हाँ चंद्रमा पराक्रम स्थान पर देखिए बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और जो थर्ड हाउस के अधिपति है लग्न में बैठे हुए हैं केमद्रुम जो है इनकी कुंडली में बना हुआ है तो और स्थिति हम दर्शकों चलिए बताए दे रहे हैं देखिए कि अब कैसे चीजें मिलती हैं अब आते हैं देखिए इनकी दर्शकों महादशा पर महादशा का आप लोग देखिएगा और कब कब इनको असफलता मिलती है इससे जोड़े रहिएगा इनकी कुंडली में यदि कोई योग कारक ग्रह है तो इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक जो ग्रह है वो है शुक्र दूसरा इनकी कुंडली में जो योग कारक है वो है बुद्ध और तीसरे स्थान पर जो योग कारक ग्रह आता है वो आता है शनि और बाकी इनका सब समान प्रभाव हालांकि शनि यहाँ पर नीच के हो गए हैं और शनि का देखिए यहाँ पर नीचा तो भी किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो रहा है तो शनि यहाँ पर नीच के हो गए लेकिन नीच के हो करके इनकी दृष्टि देखिए लग्न पर जा रही है सीधे देखिए लग्न पर जा रही है लग्न क्या होता है लग्न व्यक्ति खुद होता है वो कैसा होगा उसका नेम कैसा होगा उसका फेम कैसा होगा तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं कि राहुल गांधी जी कितना फेमस है भाई प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इस समय भारत नहीं वरण विश्व में राहुल गांधी एक नाम है तो सनी ने इनको नो डाउट फेमस किया है लेकिन यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हम बात करें अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ मंगल दूसरा शनि यहाँ पर नीच के हो गए हैं तो ये दोनों स्थितियाँ वैवाहिक इनकी जो है अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ इस कारण इसमें शनि और मंगल का भी बहुत ज़्यादा दर्शकों इसमें रोल रहा है हालांकि सुख से रिलेटेड फोर्थ हाउस से रिलेटेड इनको सारी चीज़ें हैं और तमाम चीज़ें इनको हाँ एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों देखिए पंचम भाव जो होता है पंचम भाव और सेकंड स्थान ये दो स्थान जो होता है पंचम होता है आपके बुद्धि का होता है आपके ज्ञान का होता है तो इससे रिलेटेड इनकी हानि करा दी ऑलरेडी आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी का जो मतलब जो है पढ़ाई है वो बीच में कहीं ना कहीं खंडित जरूर हुई होगी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा आई होगी या अपनी एजुकेशन ही पूरी नहीं कर पाए होंगे दूसरा एक बात और बताना चाहेंगे कि जो वाड़िक स्थान है वाणी के स्थान का जो स्वामी मंगल है तो और राहु पंचम जो है राहु पंचम से पंचम दृष्टि दे रहा है तो ये कुछ भी किसी को बोल दिया करेंगे और महादशा पर आइए दर्शक को विचार कर लेते हैं इनकी और महादशा जब हाँ एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा कि जब यू पी ए वन आया उस समय क्या था इनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही थी राहु ने इनको सफलता भी दिया ऐसा नहीं कि राहुल ने इनको सफलता नहीं दिया तो जो यू पी का पीरियड था 2000 ये 4 के आसपास का पीरियड था तो उस टाइम इनको एक मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का लेकिन नहीं बन पाए चंद्रमा राहु का ग्रह दोष चल रहा था इनके पास मौका है लेकिन ये बन नहीं पाए अब जो भी उसमें कारण रहा हो दूसरा जब यूपीए टू का पीरियड आया चंद्रमा में बुद्ध का अंतर चल रहा था अगेन चंद्रमा इनकी कुंडली में देखिए तीसरे हाउस में पराक्रम घर में बैठे हैं लेकिन चंद्रमा और राहू का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है तो चंद्रमा और बुद्ध का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है चंद्रमा में जब बुद्ध का अंतर आया उस समय भी यूपीए टू सत्ता में आई लेकिन हाथ काया मुंह मुँह ना लगा वो वाला हाथ राहुल गांधी जी के साथ हो गया प्रधानमंत्री पद इनको नहीं मिला अगेन अब देखिएगा ये 10 साल इनके जीवन के थे और जैसे ही चंद्रमा की महादशा लगी थी और उधर आप लोग योगिनी दशा भी देख सकते हैं इनकी कुंडली में कि योगिनी दशा उधर आई थी इनकी भद्रिका की उस पीरियड में राहुल गांधी जी निखर करके सामने आए थे अपने जो है मतलब वाक्पटता के दम पर और तमाम चीज़ों के बल पर ये युवाओं के मध्य खासे लोकप्रिय हो गए फिर इनकी दशा 2000 हज़ार च... ये पाँच की बात है दर्शकों देखिए उल्का की दशा इनकी लग गई उल्का की बेसिकली जो दशा होती है ये छः साल की होती है और उल्का की दशा लगी थी पंद्रह जून दो से लेकर के पंद्रह जून दो तक की यूपीए टू का जो पीरियड आया था दर्शकों ये आया था 15 छः दो से 15-12 2009 तक इस पीरियड में भी यूपीए 2 आया था इंडिकेशन थे कि ये बनेंगे लेकिन उल्का की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है इस कारण ये फिर नहीं बन पाए इन्होंने जीत दिलाई इन्होंने नो डाउट मेहनत किया और चूंकि मनमोहन सिंह जी तो कोई फेस थे नहीं तो इन्हीं के बल पर वो जीत मिली कांग्रेस को यूपीए को इसमें कोई दो राय नहीं है तो यूपीए 2 में भी भाग्य ने कहिए क्योंकि राहु चुकी पंचम से पंचम देखिए देख रहा भाग्य के घर को देख रहा है तो वही है ना कि इनको किसी भी प्रकार से सफलता ही नहीं दिलाई दूसरा दर्शकों आप बताना चाहेंगे कि आप लोग उत्सुक होंगे कि 2019 में क्या होगा लेकिन 2019 के पहले हम फिर प्रूफ करना चाहते हैं चार्ट के माध्यम से कि कैसे यूपीए की पराजय हुई देखिए पीरियड क्या था उल्का के बाद सिद्धा आई सात साल की ठीक और जब सिद्धा सात साल की आई इसमें हुआ क्या कि जो इलेक्शन थे ये 2014 में थे और सिद्धा में संकटा का जो चरण आया था ये इनके लिए अच्छा नहीं था अगेन सिद्धा आया सात साल के लिए नो no डाउट इनके हर काम अपने आप बनने जो है लगेंगे सब कुछ रहेगा लेकिन वो जो पीरियड था बाद में देखिए दर्शकों की तमाम जो है स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट आना जो है स्टार्ट हो गई कुछ जो है मतलब बीच का जो समय था वो अच्छा नहीं था तो सिद्धा में जो संकटा का समय था ये अपनी पार्टी का ये अपनी पार्टी को जो है मतलब नहीं निकाल पाए हालांकि उस समय सोनिया गांधी जी की यदि हम कुंडली देखेंगे क्योंकि उस समय जो है अध्यक्ष अध्यक्षा वही थी तो वो ज़्यादा बेटर जो है करेगा लेकिन इनकी कुंडली से भी जो है ये आया कि दो में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट भी हुए थे अब आते हैं अभी वर्तमान की परिस्थिति में वर्तमान में इस समय जो महादशा इनकी चल रही है ये आ गई है राहू की पंद्रह चार दो से अट्ठारह वर्ष की राहू की महादशा स्टार्ट हो गई और ये जो राहू की महादशा है इनकी कुंडली में भाई साहब राहु इनकी कुंडली में इस समय जो गोचर कर रहे हैं लग्न कुंडली के लिए हम बात करें आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए तो इनके भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं तो नो डाउट उच्च के हो गए हैं राहु और राहु करेंगे क्या कि पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी 2014 में उससे बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी जाएगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है दूसरा रही इलेक्शन की बात कि क्या राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे तो जी हाँ नो डाउट राहुल गांधी बिल्कुल चुनाव जीतेंगे हंड्रेड परसेंट जीतेंगे तीसरा यहां पर अब हम बताना चाहेंगे कि अब योगिनी दशा देख लीजिए क्या है योगिनी दशा जो इनकी आई है दर्शकों ये संकटा की आठ वर्ष की चल रही है तो ये जो आठ वर्ष का पीरियड रहेगा ये इनके जीवन का बहुत स्ट्रगल वाला रहेगा हालांकि इसमें संकटा इस में, इस में जैसे संकटा चल रही संकटा में मंगला चलेगी तो काफ़ी कुछ इनको राहत भी मिलेगी लेकिन ये जो अभी आठ साल का पीरियड आ गया है इसमें बहुत मुश्किल है कि ये प्रधानमंत्री बन पाए बहुत मुश्किल है कि ये प्रधानमंत्री बन पाए तो दर्शकों और इस कुंडली के माध्यम से देखिए हमने आपको बताया महादशा और योग दशा के माध्यम से कि किस किस पीरियड में क्या क्या हुआ इसीलिए ये जो टाइम था ये हमें बिल्कुल एकोरेट लगा तो दर्शकों नौमांस कुंडली भी इनकी देख लीजिए वर्गोत्तम में है नौमांस कुंडली में भी जुपीटर बैठा हुआ है और सूर्य और शनि आ गए माइनस पॉइंट नौमांस कुंडली का दूसरा डिटेन चार्ट जो, जो होता है कर्म का चार्ट जो होता है कर्म के चार्ड में भी देखिए शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया यहाँ पर दूसरा मंगल को केतु ने यहाँ पर दूषित कर दिया पीड़ित कर दिया हाँ अगर यदि ये आगे अगर ये प्रधानमंत्री देखिए बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम जो है दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो हमारी जनभूमि है जो हमारी जो है धरती माँ है इसके लिए जो है तत्पर रहना पड़ेगा मैं यहाँ किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ एक ज्योतिष का काम होता है निष्पक्षता से अपनी बातों को रखना लेकिन हाँ क्योंकि इस धरती पे हमने भी जन्म लिया है राहुल गांधी जी ने भी जन्म लिया है तो हमारी तरफ से एक आग्रह यही रहेगा कि आगे भविष्य में चल करके ऐसा कोई भी जो है मतलब जैसे अभी कांग्रेस का कोई जो है मैनिफेस्टो आया था तो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें थीं कि जो है ये धारा खत्म की जाएगी वो हटाया जाएगा देशद्रोह का ये तो प्लीज़ ऐसा ना जो है मत करिएगा आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं राहुल गांधी जी क्योंकि हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं और ज्ञान में भी आपसे बहुत ही न्यून है बहुत ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं है लेकिन एक हम आपको जो है भगवान राम की जो है कथा सुनाई दे रहे हैं एक मिनट का है कि जब भगवान राम लंका से लौट रहे थे वापस हो रहे थे तो लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया तो ये ऐसे जो है मतलब इस इस्लोक क्या है कि जननी जन्म भूमश्चि स्वर्गापि गरीयी अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जी हाँ रावण जब युद्ध के समय राम जी ने वध कर दिया लंका पर विजय प्राप्त कर दी और महाराज भीषण का राज्याभिषेक भी राम जी करने जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा चूंकि लंका स्वर्णमयी थी और तमाम चीज़ें लंका की लक्ष्मण जी को आकर्षित अपनी तरफ कर ली तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया कि कुछ दिवस यदि लंका में और रुक जाया जाए क्योंकि ये बहुत रमणीय मन को भा रहा है तो बहुत अच्छा होगा तब प्रभु श्री राम ने कहा किससे लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण कि ये जो स्वर्णमयी लंका है सुंदर लंका जो है लंका है ये हमारे मन को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती है लक्ष्मण जी चौंक गए कि सोने की लंका किसको नहीं आकर्षित करेगी तो राम जी ने कहा इसलिए नहीं करती है क्योंकि जननी जननी मतलब होती है कि आपको जिसने जन्म दिया है जन्म देने वाली माता तो जननी और जन्मभूमि जहाँ पर आपका जन्म होता है दोनों का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है तो अतः राहुल जी आपका जन्म भी जो है भारत में हुआ है नई दिल्ली में हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि इस जननी के लिए आपको कुछ करना है और जन्मभूमि आप अपनी जन्नी के लिए माता के लिए भी करिए और जन्मभूमि इन दोनों चीज़ों के लिए आप कुछ करिए आगे हाँ एक क्वेश्चन और है तो तमाम लोग पूछते हैं क्या राहुल गांधी जी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे प्रधानमंत्री बन पाएंगे तो यहाँ तक हमारा विचार है कि हाँ आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि जो डी चार्ट है ये इनका काफ़ी स्ट्रांग हो गया है डी चार्ट में भाग्य के घर में भाग्य से यहाँ पर जो बुद्ध बनते हैं स्वाग्रही हो गए हैं और बुद्ध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो यदि राहुल गांधी जी एक बढ़िया सा पन्ना पहन लें और एक अच्छा सा डायमंड पहन लें तो आगे बहुत हद तक की उम्मीद है कि राहुल गांधी जी आगे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इसमें कोई राय नहीं है और तमाम मौके इनके पास आए ऐसा नहीं है कि इनके पास मौके नहीं आए तो दर्शकों ये तो था राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा और कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि अच्छे शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करिएगा लोकसभा चुनाव 2019 में फिर से हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चुनाव जीतेंगे लेकिन अध्यक्ष हैं और ये अपनी पार्टी को क्या पार लगा ले जाएंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल प्रतीत होता है लेकिन हाँ पिछले बार से कुछ इनकी जो चांसेस थी वो ठीक रहेगी जहाँ जहाँ मतलब इनके किसी स्टेट में जो है खाता नहीं खुला ऐसा नहीं है इस बार ये कुछ धमाका जरूर करेंगे तो दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम